सुप्रीम कोर्ट में ताजगस्त मामले की सुनवाई आज बढ़ रही व्यापारियों के धरकने मित्रों आज हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जो खबर आपने शायद किसी चैनल पर देखी होगी आज पब्लिक भारत ऐसी खबर आपको दिखाएगा पूरी खबर को देखिए ताजमहल के 500 मीटर के परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक के लिए 26 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था आगरा विकास प्राधिकरण ने सत्रह जनवरी तक छूट दी है आगामी ताजमहल के 500 मीटर परिधि में व्यवसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश के खिलाफ ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी इस सुनवाई से पहले ताजगंज के लोग और फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है इस याचिका पर 2 नवंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन इसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया था इस याचिका के साथ ही पश्चिमी गेट से विस्थापित इकहत्तर दुकानदारों की याचिका पर भी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में याचिका 3381 हजार बटे उन्नीस एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वार्ड में 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल महल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार के व्यवसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण को दिए थे लेकिन एडीए ने यहां नई इमारतें बनवाकर कर खुलवा दी जिसके विरोध में पश्चिमी गेट के व्यापारी सुप्रीम कोर्ट चले गए उनकी याचिका आरोप आदेश दिया की पांच मीटर में कारोबार बंद कर दिया जाए इसी के खिलाफ फाउंडेशन ने याचिका दाखिल की है फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह संदीप अरोड़ा आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच गए राजगंज के 50,000 लोगों की निगाहें आज होने वाली सुनवाई पर टिकी है ऐसी खबरों को देखने के लिए इन पब्लिक भारत से जुड़े रहिए। आप देख रहे थे इन पब्लिक भारत इन पब्लिक भारत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद